<laughs> बाबा एक और झकास चीज दिखाओ क्या ये है माय गॉड, हो तुम्हारा अच्छा बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा तुमसे नाव पर दिल से लगता है भाई आप समझ ही सकते होंगे मैंने आज तक आवर्ड लेटर कर मेरे, को, मेरे को जानता नहीं बंद करो हाथ जोड़ के मैं मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ